हेलो गाइस तो कैसे हो आप सभी तो आप सभी को स्वागत है मोनोजी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में तो आज की वीडियो में बताने वाले फ्रेंड्स फेसबुक की रील्स कैसे वायरल करते हैं मेरे रील्स भी वायरल हो गई थी फ्रेंड्स तो कैसे हुई उसमें क्या क्या करना पड़ा कैसे वीडियो कैसे कंटेंट डालना है सब कुछ वीडियो में बता दूँगा आप इस चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर ले तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के तो पहले मैं अपनी फेसबुक पेज पे चल जाऊंगा फ्रेंड्स वहाँ जाके अपनी प्रोफाइल पे क्लिक कर लूँगा और यहाँ पर होम पेज में आके रील सेक्शन पे क्लिक कर लूँगा फ्रेंड्स रील क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं सब लोग रील्स डाल चुके हैं ऊपर तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है मैं रील्स पर आके मैं दिखा देता हूँ तो देखिए फ्रेंड्स मेरे एक व्यू एक रील्स टू के व्यूज़ है एक रील्स में टू के है एक रील्स में 3 लाख से चालीस हज़ार के व्यूज़ है मतलब 3 लाख से चालीस हज़ार और अगला वीडियो फोर के और अगला वीडियो टू के तो ये कैसे वायरल हुआ तो इस वीडियो में पूरी तरह से बताने वाला हूँ तो आप वीडियो को स्किप ना करें तो वीडियो को कंटिन्यूटली देके वीडियो को एंड तक देखे ने तो आपको क्या बताया कुछ नहीं समझ में आता फ्रेंड्स तो मैं क्या किया था ये सभी रील्स को मैं यूट्यूब से उठा लिया था फ्रेंड्स मैं किधर से अपनी क्रिएट नहीं किया कुछ नहीं किया आप देख सकते हैं मेरे रील्स सभी को मैं यूट्यूब से ही उठा के लाया हूँ आप फेसबुक पेज पे रील्स वायरल होती है ना वो सब कुछ कॉपीराइट सब कुछ चलेंगी यहाँ पर कॉपीराइट को स्ट्राइक नहीं आएगा आपका यहाँ पर पेज पे कौन सी भी रील्स डाल सकते हैं फ्रेंड्स और आपको यहाँ पर बहुत ही मज़े की वो बात है कि ये यहाँ पर कोई भी वीडियो वायरल हो सकता है उसमें अच्छा कंटेंट हो तो ये वीडियो देखिए तो देखा आपने कैसा था वीडियो इसमें 1.1 के लाइक्स है और फाइव कमेंट है और कुछ शेयर किए हुए है तो ऐसे ही वीडियो वायरल हो सकता है फ्रेंड्स आपके और फेस भी आपके ग्रो हो सकती है इसलिए आपको हर दिन एक रील्स डालना होगा फेसबुक पेज की रील सेक्शन में तो आपको यहाँ कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं मिलेगा तो आप को जानकर कैसे लगा वीडियो को एक लाइक कर देना और प्यारी सी कमेंट कर देना फ्रेंड्स तो मिलते हैं अगले वोडे में जब तक जुड़े रहे कि बाय टेक केयर